असल एज ए वेब डेवेल्पर जब भी मैं सोचता कि ये प्रोफेशनल कोडर्स या ये कंपनीज में जो काम करते हैं ये जो डिवेल्पर हैं, ये अपना काम इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं डेढ़ साल से ज्यादा का खर्चा होने वाला है एज ए वेब डेवेल्पर मुझे कंटेंट वेब डिवेल्पर HTML CSS एस टी एम एल साल मैंने HTML को कवर किया और साथ एच टी एम एल को टैक्स को याद करना था यही लगता है की कोई भी सॉफ्टवेयर है अगर आप लोग ने वीडियो को कट करना है तो उसका शॉर्टकट है एस या सी या वी के साथ उससे आप लोग चेंज कर सकते हो मतलब शॉर्टकट सिर्फ सॉफ्टवेयर के ही होते हैं या किसी स्टाइल लैंग्वेज का कोई शॉर्टकट नहीं होता अमूमन हमें देखने को मिलता है जब उर्दू या हिंदी की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जो शायर अपनी शायरी में यूज करते हैं जो कि छोटे कम लफ्जों के अंदर ही अपनी बात कह देते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर कोई शॉर्टकट नाम की कोई चीज नहीं है जहां मैंने डेढ़ साल बाद अब रियलाइज किया स्टोरी जानते हैं मुझे इस चीज के बारे में पता चला जहाँ से कोड विद चाय एक यूट्यूब चैनल है दस सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है उनको और उनको पढ़ाते हुए यूट्यूब पर काफी अरसा हो गया है लेकिन उनके जो कोर्सेज होते हैं ना वो इंग्लिश में होमूम मैं एक उर्दू वाला बंदा या एक हिंदी वाला बंदा उसको तो इंग्लिश आती नहीं है वो कुछ करना चाहता है वो कुछ सीखना चाहता है लेकिन ये जर्नी ना मेरी काफ़ी ज्यादा ट्रिकी रही काफ़ी ज्यादा मुश्किल रही क्योंकि सेल्फ लर्निंग जब भी आप करते हो ना चाहे आप लोग किसी प्रोफेशनल बंदे की ही वीडियो की देख रहे हो जब आपको कुछ पता ही नहीं है कुछ कंसेप्ट ही नहीं पता चाहे आप लोग जितने मर्जी प्रोफेशनल बंदे की वीडियो देख लो आपको कुछ समझ आनी ही नहीं है किस किस कर पाऊं मैं यहाँ तक पहुंच गया कि मैंने एच टीम एल को कवर किया फिर पाइथन को भी कवर कर लिया एटलीस्ट इतना कि मैं उसे दूसरों को बता सकू तो अब इसके ऊपर मैंने एक YouTube चैनल स्टार्ट कर दिया लाइक ट्यूटर आवाज अब जितना मुझे आता था जितना मेरे दिमाग के अंदर था या जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मैं उनको अपने अलफाजों के अंदर एक्सप्लेन कर सकू वो सब कुछ मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर एक्सप्लेन कर दिया मैं कहीं जॉब नहीं कर रहा लेकिन इस चीज का एक्सपीरियंस मुझे डेढ़ साल के बाद हुआ कि नहीं यार शॉर्टकट भी होते हैं मतलब तो कुछ कीवर्ड्स या कुछ चीजें रिजर्व की जाती हैं एक तो होती है ना रिजर्व कीवर्ड्स लाइक उनका कोई वेरिएबल नहीं बना सकते एमिट एवेविएशन है आई uh, नो कि मैं सही प्रस नहीं कर रहा लेकिन एमिट ये काम करता है शॉर्टकट का तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ लैपटॉप स्क्रीन पर और दिखाता हूँ कि ये एमिट मतलब इसके अंदर आपको एच टी एम एल सी एस एस के शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं प्रोफेशनल्स काम करते हैं वो उनको इस चीज के बारे में पता होता है एटलीस्ट मुझे डेढ़ साल के बाद पता चला कुछ ऐसे कंपनीज के अंदर डेवलपर्स होते हैं या वेब डिवेल्पर होते हैं जो काम तो कर लेते हैं बहुत ज्यादा काम करते हैं उनको पाँच सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है मगर उनको इस चीज के बारे में पता नहीं होता शॉर्टकट का तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर और दिखाता हूँ कि ये कितने काम के हैं लाइक like, है, एक है है, like, है, शॉर्टकट लाइकैग like, का शॉर्टकट क्या है फोटर का शॉर्टकट क्या है पैराग्राफ का शॉर्टकट क्या है आर्टिकल का शॉर्टकट क्या है इमेज का शॉर्टकट क्या है वीडियो का शॉर्टकट क्या है लाइक like, छोटे छोटे शॉर्टकट आप लोग पांच दफा लिस्ट टैग लिखने में अगर 20 सेकंड लगा रहे हो या 10 सेकंड लगा रहे हो वही आपका काम 2 सेकंड के अंदर हो जाएगा तो एज अ प्रोग्रामर हमें पता होना चाहिए कि शॉर्टकट्स क्या है तो मैं आपको लेकर चलता हूं एमिट की वेबसाइट के ऊपर हालांकि हम डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ते हैं तो यहां पर है एमिट इसकी चीट शीट है और यहाँ पर देखें html css के सारे शॉर्टकट आपको देखने को मिल जाते हैं लाइक like, यहां पर देखें ul यानी कि लिस्ट टैग तो इसको मुझे यूज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे इसका बॉयलर पॉइंट का और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लैन और यहाँ पर देखें मुझे अभी लिस्ट चाहिए तो अगर मैं यहाँ पर UL लिखूंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा मुझे लेकिन अगर यहाँ पर देखें UL line is equal to टू अगर मैं सिर्फ ये लिख दूँ लाइक यू इसके बाद यहाँ पर मैं I लगा दूँ और इसके बाद स्टार इसके बाद फाइव और इंटर लेकिन इसको अगर इरेज करें सिंपल UL एल एल आई स्टार और फाइव न इमेजिन नहीं कर सकते थे कि कितना जल्दी हमारे पास लिस्ट टैग आ गया इसी तरह अगर मैं एक दो शॉर्टकट और आपको दिखा दू सिंबल इसको मैं कॉपी करता हूं और हम लोग यहां पर चलते हैं पर इसको करते हैं यहां पर पेस्ट और सिम्बल टैब दबाते हैं तो यहां पर सिम्बल पी और यू कैन सी हमारे पास ग्रुपिंग आ गई तो इस तरह आप लोग इन शॉर्टकट का कर कर यूज़ करके अपने काम को क्विकली कर सकते हो बस आपको इम्पोर्टेंट टैग देखने हैं आप लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टैग्स हैं अगर आप लोग वो सीख जाते हो यहाँ पर देखिए HTML, CSS के सारे कॉन्सेप्ट है आपके पास एट्रीट लाइक ईच एंड एवरी आपको सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं बस उसके शॉर्टकट आपको याद करने हैं विजुअल फॉर्मेटिंग ओके ये भी है प्रिंट का बैकग्राउंड ये भी आप लोग देख सकते हो अदर्स तो काफी ज्यादा चीजें हैं अगर आप लोग एम की वेबसाइट के ऊपर आते हो तो यहां पर देखें आपके पास डिफरेंट लाइक ये वी कोड के अंदर तो इनबिल्ड आता है ना कि आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास स्लाइम प्लाइम है एटम है कोडा है या इक्लिप्स है तो अदर भी कुछ है लाइक इनके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता लेकिन इन चीजों के बारे में मुझे पता है लाइक एम एड का एक नोट प्लस नोट पैड प्लस प्लस का और अडोप्रीम का थोड़ा सा मुझे पता है और नेट बीस का भी पता है तो इस तरह में Visual Studio Code, इसका भी थोड़ा सा पता है बाकी को मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो एम को यूज करना चाहते हो तो आपके पास इस तरह की यहाँ पर देखें आप लोग सिंपल लाइक मुझे सबलाइन टैक्स के लिए चाहिए तो मैं सिम्पल इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मुझे गिट के ऊपर ले आएगा क्योंकि ये ओपन सोर्स है और यहाँ पर देखें हाउ टू इंस्टॉल लाइक सारा का सारा प्रोसेस आपको बताया गया है कि क्या क्या अवेलेबल एक्शंस क्या क्या हैं ईच एंड एवरीथिंग तो इसका आप लोग यूज़ कर सकते हो नहीं सब्सक्राइब कर दें थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग